इंसान ही इंसान को डस रहा है वो देखो सांप तो कोने में बैठ के हंस रहा है तेरे इश्क़ की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले तूने क्या किया ये क्या हुआ बिल्डिंग